राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है राहुल गांधी को बुजुर्गों से लेकर बच्चे भी अच्छा खासा समर्थन दे रहे हैं यात्रा से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसमें एक बच्चे ने अपनी गुल्लक के पैसे राहुल गांधी को सौंप दिए वही राहुल गांधी ने पिगी बैंक को बच्चे का तोहफा समझते हुए संभाल अपने पास रख लिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को हर वर्ग के व्यक्ति का समर्थन मिल रहा है जहाँ भी राहुल गांधी जा रहे हैं वहां लोग उनसे उत्साह के साथ मिल रहे हैं वहीं राहुल गांधी भी सभी से बड़े जोश और जुनून के साथ मिल रहे हैं इसी बीच राहुल गांधी को एक बच्चे ने अपना गुल्लक सौंपा बच्चे ने गुल्लक देते हुए कहा कि ये पैसे उसने अपनी पॉकेट मनी से बचाकर भारत जोड़ो यात्रा के लिए इकट्ठा किए हैं जरूरत पड़ने पर पैसे यात्रा के काम आ सकते हैं राहुल गांधी ने बच्चे का तोहफा स्वीकार करते हुए पिगी बैंक को संभाल अपने पास रख लिया राहुल गांधी को गुल्लक देने वाला बच्चा भोपाल का यशप परमार है यशब की उम्र दस साल है उसका कहना है कि राहुल गांधी को पैसे की कमी नहीं होनी चाहिए पैसे की कमी से यात्रा नहीं रुकना चाहिए ये यात्रा चलती रहनी चाहिए राहुल गांधी ने तोहफे में अपनी गुल्लक देने वाले बच्चे का वीडियो शेयर किया है वीडियो में बच्चा कहता है कि राहुल सर के बारे में मुझे ये पसंद है कि वो सभी को साथ लेकर चलते हैं आज मैंने मेरा पिगी बैंक दिया जब यात्रा शुरू हुई तब से ही मैं इसमें कलेक्शन कर रहा था बच्चे ने कहा इस यात्रा के बारे में मैं जितना समझता हूँ मेरे हिसाब से मुसलमान और हिंदू के बीच लड़ाई झगड़ा होता है इस हालात को बदल कर एक दूसरे को जोड़ने के लिए यात्रा निकाली गई है भारत जोड़ों का सीधा मतलब है हिंदू मुसलमान में कोई अंतर नहीं है, सब एक समान है वहीं राहुल गांधी ने गुल्लक के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को थमाते हुए कहा कि यात्रा के लिए है इसे संभाल कर रख लीजिए बच्चे का वीडियो शेयर करते हुए राहुल ने लिखा त्याग और स्वार्थहीनता बचपन में मिले संस्कारों से आते हैं ये गुल्लक मेरे लिए अनमोल है बेशुमार प्यार का खजाना है